देखिए जितनी पेटी लगी है सांप में साफ <drum mimic�� grinding> बन गए जो सांप रखा है पहले नंबर पे मैं नाग दिखाऊंगा इस केटारी ही अपने जंगल का सांप है सबसे जहर वाला सांप इसे खोरा नाग के थे

इसमें बंद है भैया यहां से भी नागिन दिखाऊंगा नागिन वो वाली चटकने वाली नागिन कहते हैं जिसे पदम पुनिया सांप भी कहते नागिन दिखाऊ यहाँ से सांप सांप दिखाऊंगा उसके तारीफ बंद है

नाचने वाली नागिन राजस्थान से ही राजस्थान से इतनी पतली नागिन है इतनी बड़ी है भैया रंग है लाल और जिसकी चुटिया पर बड़े-बड़े, बजेगी बड़े। और नागिन नाचेगी नाचने वाली नागिन का सत बताइय लाली बहन हो भैया कभी तुमने नाचते आप देखो भाई ना देखो साहब देख

ये ये बंदे जिसकी लंबाई सोलह फटकी है नाग में भजन है चालीस किलो तब ये सोच रहे होंगे बाबा जी ये नाग जब चालीस किलो का है तो अजगर होगो क्या कोई चीती सियाप हो गो

आज अजगर चीती नहीं दिखाऊंगा भैया नाग दिखाऊंगा नाग और ये नाग हमने नहीं पकड़ा ये नाग तो देखो हमारे बाबा लोगों ने पकड़ा है पकड़ा है माता बहनों बाबा गए थे हमारे और ग्यारह घंटे लग के बीन बजाई थी ईमानदारी कराऊंगा दोपहर का टाइम है भैया कौन से भक्त की किस समय की कौन सी भीन बज गई

ये नाग मस्त के जमीन से सात फुट खड़ा हो गया था ऊपर तो है होकर खड़े इस बात को तुम जानते हो उससे पहले का भी वो सांप पकड़े पायदे पे और दे पे छोड़ देते दे नाग जब सोलह फुट का है

और अचगर नहीं है तो कौन सा सांप है ये? इसको भैया कहते हैं नाग जो कृष्ण भगवान ने काल नाग का नाथन किया था सांप वो तो जाति का हम तो ये कहोगे बाबा जी उसके तो पांच फन थे इसके दिखाओगे भैया पांच नहीं फन तो एक ही है पर मोहम्मद पांच जीव है सांप के पांच फन की वजह देखने को मिलेगी पांच जीव

भगवान कृष्ण जी के पैर खराब हुए निशान बाबा के सर पे मिलेगा छपा हुआ जो काली रहते बच्ची बजाय वो निशान आज भी बना हुआ है भैया पर पहले वो दिखा दूंगा चारे चारे चारे वो उठा वो वाला सांप उठा लो डाला बेटा इस बच्चे को पकड़ लो किसका लिया इसी खोलूंगा मैं सांप कोई छोड़ूंगा

मोहल्ला में बहुत अल्लाह हो करो भैया देखो बाहर बाहर

ये दोर मानी जपत नहीं करना

भैया तो इतनी पुरस्कार हाँ तम जैसे कई किसान चलाते ना खेत में और हल्के दिल का आदमी होता खत्म नहीं होता नहीं ये शरीर में भूल है ना भैया रिंच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती

बात करना एक ही फुसकार के मारे सारे बोल ढीले पड़ जाते नाग नागनियब काले काल काल है भैया ये हल्ला नहीं करना मा तो बह जा लाल बैठ गए जाइया जी बैठ बैठे बैठे सुनो खेस साफ दिखाया ये तो अपने जंगल का है ऐसे भैया देख के तारीफ पत करो तुम लोग

क्यों ऐसे साफ तुम्हारे खेतों में रोजाना से मिल जाते हैं तुम्हें देखने को तारीफ उसकी होती है जो जिंदगी में पहली बार देखने को मिलता है भैया भैया जी दिखाऊंगा पहली बार ये जा जा रहे हो अलग अलग तो ले ले जाओ जाओ पन्ना में लो

या दूसरे ले बाबा नाग, नाग। ताली बजती है धर्मी के नाम की और गाली लिखनी पापी के नाम की आज खेल में मैं जानकारी करूंगा पहचान करूंगा कौन सा शिव का पुजारी खड़ा है खेल में खड़े हो जाओ नाग सुधे सुधे खड़े हो जाओ आज खेल में देखना चाहता हूँ कौन सा बहन कौन सा भैया करना चाहता की बाबा जी हाथों से हमने लाखों कमाए लाखों कमाई, कमाई दिए जी रुपया मांगा बाबा के लिए आज हम दान करना चाहिए बाबा का दुआ जमाना चाहते

आया किसी बहन भाई के जो कह सकता जगह ऐसी खड़ा करना चाहते हैं बाबा के लिए। ये रुपया मांगा हम देते बाबा का दुब जमाना चाहते खेल के अंदर में आया किसी बहन भाई के समझ में कह सकता के लिए बाबा जी हमारे मौल्य में आज हम दान करना चाहते काली बजाव बच्चे लोगों बहन के नाम की गुड़िया में छोड़ गुड़िया बाबा को दान किया ये बाबा नाग

एक दस रूपए का फर्सल एक दान किया बाबा बाबा पता नहीं क्या सोच के दान दिया तो शेष शेष बात का ध्यान शेष बात का ज्ञान है लेकिन तो और भी कोई बहन और भी कोई भैया कहना चाहता जी हम भी दान करना चाहते दस रूपया मांगा या बीस रूपया मांगा बाबा के धाम पे हम देना चाहते

क्या अरे बाबा के दिल से कमी नहीं आता भंडारे में जिसको धन्यवाद हे बाबा हो जाओ अरे हो जाओ ऐसे भी महाराज राग देव

घूमने घूमने घूम ले, ले लंबी काया कर ले जोड़ लो तो। तो आज हाथ जोड़ना पावित

दुणार के दुणार के दुणार एक सोचे बाबा मे भी आऊ में मोहल्ले में तेरी मानता है थोड़ा दुआ लगा ना दो बच्चे

भगवान देवता किसी को सबको जानता सबको पहचानता लेकिन मुंह से नहीं बोलता ये बाबा और भी कोई बहन भैया करा जाता बाबा हम भी लाए के दान करेंगे मां बातें जी देखो नाली बहनों 1 10 20 रुपया और बाबा ध्यान आता है ये बच जाए ये बताएं ऐसा साफ कभी देखा तुम्हारे खेतों में तुमने क्या जी ये ऐसा अपने खेतों में कभी ऐसा ना है ये पता ये नाग असली है ये मछली है

रख दिया है ना ये बनती हुई बाबा की दवा भी है धोखे वाला काम नहीं है बाबा ये सात महंगी दवा पर दुआ लगा दे और ऐसी दुआ लगा दे जो भी बहन भैया विश्वास करके ये पैकेट लेके जा बीमारी बात और में हंस करके नीचे चुप गए बाबा नीचे

नीचे झुक के बाबा धुआ लगा दे और ऐसी दुआ कर जा जो भी लेके जाए जिस बीमारी में लगा हुए उस बीमारी का अंत कर देना महाराज जय बाबा नागदेव सात दवा भैया चाहिए बाबा जी हमें चाहिए सौ रुपए का पैकेट है भैया सौ रुपया सौ रुपया एक पैकेट लगाओ आपको ले बाबा नाग एक पैकेट में धुआ लगा दे महाराज जय बाबागदेव ले एक पैकेट भैया जी आप ले जाइए छह पैकेट बात भैया चाहिए बोलते ना

लाली घड़ा सब जाना आटा लेके आना अब वो गाड़ी लेकर ले जाना भैया जी सब पहन जाना